आज हम लोग कुछ को करने वाले अगर हम को को को में में। रखेंगे तो तो वो वो वो बन जाएगा। अगर अगर अगर आप किसी से कराते हैं हैं करते ताकि कर सके पानी हमने तोड़ा तो उससे माइक्रोफ गोल्ड्स मिलेंगे अगर हम लोग को पिघलाया तो हम लोगों को गोल्ड ब्लॉक मिलेगा मिथ कंफर्म बाय बा